तो मेरी कविता का शीर्षक है यह है जीवन हमें मिले हरे भरे झूमते गाते पुष्पों से भरे पड़े मन भावन स्थुर भी इनकी मन जैसे झूम उठे मीठे फलों से ये कितने लदे हुए हैं जीवन के सुंदर रत्नों से जैसे जड़े हुए हैं औषधि से परिपूर्ण ये कितनी बीमारी की काट सर्वस अपना लुटाने वाले अंश अंश जो देते बाट धरती के वातावरण को जो शीतल हवा से भर देते प्रदूषण को सोख के जो प्राणमयी ऑक्सीजन देते जीवन में इनका कितना मान क्यों ना दें इनको सम्मान करके वृक्षारोपण क्यों ना बने और सभ्य इंसान हरी भरी धरती जब होगी गर्मी ना तब इतनी होगी प्रदूषण से मुक्त ये धरती फिर कितनी सुंदर होगी फिर कितनी सुंदर होगी धन्यवाद दोस्तों और दोस्तों कविता पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें